हेलो दोस्तों तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वेब बॉस में दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने React JS की ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की है तो हम इसमें पहला वीडियो हम बना चुके हैं इंट्रोडक्शन वाला जिसमें हमने React JS का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए हम सीधा आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्री फॉर रिएक्ट दोस्तों प्री का मतलब क्या होता है का मतलब ये है कि अगर आपको रिएक्ट सीखना है तो रिएक्ट सीखने के पहले आपको क्या आना चाहिए जिसकी मदद से आपको रिएक्ट सीखने में आसानी होगी फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर आपको बाइक सीखनी है तो आपको साइकिल आना जरूरी है अगर आपको साइकिल आती है तो आप आसानी से बाइक सीख जाओगे ऐसा नहीं है कि आपको साइकिल नहीं आएगी तो आप बाइक नहीं सीख सकते हैं ऐसा नहीं है बट एक एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो उस तरीके से प्री का भी मतलब होता है कि इन चीजों को आपको आनी चाहिए तो आपको इस चीज को सीखने में आसानी होगी ठीक है तो प्री का मतलब यही होता है आपको वो चीजें आनी चाहिए तो नंबर वन पे है हमारे पास बेसिक नॉलेज ऑफ एस टी एमएल सीएसएस दोस्तों आपको टी और सीएसएस आनी चाहिए अगर आपको एस टी का आइडिया नहीं है तो हमारे चैनल पे आपको एस और एमएल सी एस एसियन सीरीज मिल जाएगी वहां से आप जो है एस और सीएसएस को सीख सकते हैं ठीक है तो आपको एस आना चाहिए आपको सीएसएस आना चाहिए और आपको जावाज भी आनी चाहिए दोस्तों अगर आपको एस टी एम नहीं आती है तो भी कोई इशू नहीं है आपको सिर्फ एक कहते हैं ना कि थोड़ा नॉलेज आपको ले लेना है ठीक है थोड़ा नॉलेज देख लेना है आपको यूट्यूब आपको सजेस्ट करूंगा आप याडरस्टैंड को आप बना लें ठीक जिससे क्या होगा आपको आसानी होगी समझने में अब दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई एस अब दोस्तों ई क्या है अगर आप जावा से फेमिलियर है या अगर नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जावा जो है उसके काफी लेटेस्ट वर्जन जो है अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं अब ई जो है वो जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन है जो 2016 में लॉन्च हुआ था उसके बाद ई एस सेवन इस तरीके के काफी वर्जन आ चुके हैं तो अगर आपको इसमें जो है ई का मेन यूजेज होता है क्योंकि इसमें क्लास कॉम्पोनेट्स फंक्शनल कॉम्पोनेट्स के काफी यूज होते हैं एरो फंक्शन का काफी यूज होता है तो इस तरीके के जो है लेटेस्ट फीचर्स जो है जावासक्रिप्ट के ई में आए थे क्योंकि ई एस जो था वो सबसे मेजर अपडेट था अभी तक का जावास्क्रिप्ट तो आपको ई का नॉलेज होना चाहिए अगर आप रेड के स्टार्ट करना चाहते हैं तो ठीक है दोस्तों एक तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए एक बेसिक आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया होना चाहिए और जावास्क्रिप्ट में आपको ई ए सिक्स से आप थोड़े बहुत फेमिलियर होने चाहिए ठीक है अगर दोस्तों देखिए आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है अगर आपको ई का आइडिया नहीं है तो भी आपको क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो है एकदम स्टार्टिंग से लेकर आपको सिखाएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आपको समझा सकें ठीक है दोस्तों और दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है एनपीएम अब दोस्तों एनपीएम क्या होता है दोस्तों एनपीएम एक तरीके से आप इसको एक टूलबॉक्स की तरीके से समझिए फॉर एग्जाम्पल एनपीएम प्रोग्रामिंग के लिए एनपीएम में जो होता है ना ये इसमें काफी सारे पैकेजेस होते हैं उन पैकेजेस का हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए ठीक है तो एनपीएम का मतलब यही होता है और एनपीएम का जो फुल फॉर्म है वो है नोट पैकेट मैनेजर ठीक है तो npm में जो है काफ़ी सारे पैकेट्स होते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में इसमें आपको पैकेजेस मिल जाएंगे तो उससे क्या होता है हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करते हैं या आप कहिए उनको हम यूज़ करते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जैसे हम प्रैक्टिकल सेसन पर चलेंगे हम आपको एनपीएम को और अच्छे से समझाएंगे ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग